जेनरेशन में यही प्रॉब्लम है अगर कोई चीज या कोई इंसान या कोई सपना पसंद ना आए तो उसे वही छोड़कर दूसरी राह पर निकल पड़ते हो अगर हर चीज इसी तरह छोड़ते रहे तो आखिर में तुम खाली हाथ ही रह जाओगे अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तो उसका सामना क्यों नहीं करते उसे सोल्व क्यों नहीं करते अगर तुम्हारे किए हुए काम आरोप कोई उंगली उठाता है तो उसे उसका जवाब दो और अगर जवाब पता नहीं तो ढूंढो अगर अपनी गलतियाँ सुधार लोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें